वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आर रवि दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर आर रवि में दोस्तों आज का वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो लोग सेक्स करना पसंद करते हैं या जिन लोगों का सेक्स टाइम कम है जिनको सेक्स पावर जिन लोगों का कम है जो लोग प्री मेचर एजुकेशन के शिकार हैं या फिर अर्ली डिस्चार्ज जिनको हो जाता है आज का वीडियो दोस्तों केवल केवल आपके लिए है दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये जो दवाई है इसका फ्री गेवा पर लेके आया हूँ इसके तीन तीन सौ रुपये के दो में पैकेट आपको फ्री में देने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ ये जो दो पैकेट है ये तीन तीन सौ रुपये के हैं और ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ तो इसको फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आर रवि को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेव करना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करना है इस वीडियो को लाइक करना है और अपने व्हाट्सअप और फेसबुक के स्टेटस पे केवल एक दिन के लिए इसको लगाना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते तो आपको ये जो है बीस जो ये गोलियां हैं ये बिल्कुल फ्री में मैं आपको देने वाला हूँ मतलब ये जो दो पैकेट है तीन तीन सौ के मतलब टोटल छः सौ रुपये की जो दवाई है मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो कंफ्यूजन हो क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में रिप्लाई दे दूंगा और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसका स्क्रीन लेके आपको WhatsApp पे मुझे स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं ना इस नंबर पे आपको मुझे शेयर करना है ठीक है बस इतना सा टास्क आपको कम्प्लीट करना है अभी दोस्तों बात करते हैं हम इस दवाई के बारे में दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सेक्स पावर को बढ़ाने की दवाई मतलब जिन लोगों का सेक्स टाइम कम है या जो लोग सेक्स टाइम को बढ़ाना चाहते हैं जिन लोगों का कम नहीं है बट अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंटेड सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं दो से तीन घंटे के अंदर आपकी कमेंट का आंसर जरूर दूँगा सबसे पहले इसके ऊपर हम पढ़ते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ दोस्तों सिल्डिना फेर साइटेड टेबलेट्स आई पी हंड्रेड एम देखिए दोस्तों ये हंड्रेड एमजी का मतलब क्या है हंड्रेड एमजी का मतलब ये है ये बहुत पावरफुल है ज़्यादा पावरफुल है ठीक है इसकी जो पावर है काफ़ी अच्छी है ठीक है और इसकी पावर अच्छी होने से क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को बहुत ही कम सेक्स टाइम है जैसे बहुत सारे मेरे पास पेशेंट लोग आते हैं बोलते सर हम जब सेक्स करने जाते हैं तो हम सेक्स कर भी नहीं पाते हम पेनिस को बजाय में डाल भी नहीं पाते और इससे पहले हमारा जो है आउट हो जाता है इजेकुलेट हो जाता है स्पम बाहर हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों ठीक है इसलिए हंड्रेड एम की उन लोगों को हंड्रेड जो है काम करती है ठीक है तो ये हंड्रेड एम हालांकि अभी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा विगोरमेन बुलेट ठीक है ये लिखा हुआ है बुलेट अब देखो मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे देखिए दिखा बुलेट और इसका जो शेप है ना ये भी एकदम बुलेट के जैसा शेप है ठीक है ये जो गोली है इसका बुलेट जैसा शेप है बुलेट का मतलब क्या है कि ये जिसे बुलेट में जो ताकत होती है ठीक है जो बुलेट मतलब होती है बंदूक की गोली तो बंदूक की गोली में जो ताकत होती है ना किसी भी चीज़ को फाड़ने की तो ऐसे ही आपकी पेनिस में ये ताकत दे देगी कि आप भी जो है वजाइना को फाड़ दें या फाड़ सके, ठीक है अब वो कब फाड़ सकेंगे जब आपका सेक्स टाइम अच्छा होगा ठीक है जब आपके पेनिस में इक्शन अच्छा होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं इसीलिए इसका नाम बुलेट रखा गया है इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पावर स्टेमिना और स्ट्रेंथ ये तीन चीज इसके ऊपर लिखी है ठीक है तो ये जो पावर लिखी हुई है तो पावर का मतलब क्या है पावर का मतलब ये है कि आपका जो सेक्स पावर है जो सेक्स का टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इसको बढ़ा देगा दूसरा लिखा है दोस्तों इसमें स्टेमिना ठीक है स्टेमिना मतलब आपके जो सेक्स टाइम है ठीक है उसको बढ़ाने के साथ साथ आपको ताकत भी देगा ठीक है तीसरा लिखा है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो इरेक्टाइल रिफंक्शन है इरेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है जैसे जिन लोगों के पहले से पूरी तरीके से तनाव नहीं आता है या किसी किसी को तनाव ही नहीं आता है तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा जो है असर करेगा ठीक है इसके बाद में दोस्तों इस साइड हम पढ़ लेते हैं इस साइड इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों मैं पहले ही बता दूं अगर आपको ये चाहिए है ना या फिर अगर आपको ये चाहिए या फिर अगर आपको ये चाहिए या फिर अगर आपको ये चाहिए या फिर अगर आपको ये चाहिए या फिर अगर आपको ये चाहिए या फिर अगर आपको ये चाहिए ठीक है आपको कुछ भी चाहिए ठीक है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं मैं आपको जो है बाइक ओर आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको पहुँचा दूंगा तो अभी बात कर हैं दोस्तों हम केवल इसकी ठीक है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों मैं जूम कर देता हूँ इसमें कंपोजिशन में इसमें क्या क्या मिला हुआ है कम्पोजिशन में मिला हुआ है इसमें सिलडीना फिल्स आइटेड हंड्रेड एम बस इसके अलावा इसके अंदर दूसरी कोई भी चीज नहीं मिली हुई है ठीक है बस और कलर में इसमें येलो ऑक्साइड उकसा, और आयरन टाइटेनियम वाला जो कलर है वो इसके अंदर मिलाया गया है बाकी जो ये प्रिकॉशन चेतावनी है तो हर चीज़ पर आपको मालूम है लिखी होती है ठीक है और इसका जो उपयोग करने का तरीका तो वो तो जब आप मुझसे लोगे तो मैं आपको बताऊँगा हालांकि डिटेल में इसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस साइड में दोस्तों लिखी हुई है देखिए इस साइड में लिखा हुआ है इसकी जो कीमत है दोस्तों वो बारह सौ है ठीक है और ये जो बारह है तो आप यहां पे बिल्कुल मत घबराइए कि अरे सर इतनी महंगी सेक्स पावर की दवाई हम कैसे लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1200 रुपए लिखा है तो बारह सौ ये पूरा पैकेट का है ठीक है लेकिन एक पैकेट चाहिए, तो अगर आपको एक चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा एक पैकेट चाहिए ठीक है ये एक पैकेट जो है वो तीन रुपए का है ठीक है ये तीन सौ रुपये का है और इसके अंदर से चार पैकेट निकलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना चार इंटू दस मतलब ये दस दस की चार स्टेप इस इसके अंदर निकलती है तो दो तो दोस्तों मैंने सेल कर दिए मेरे बहुत सारे ऑलरेडी कस्टमर्स है जो इसको लेते हैं मुझसे ठीक है तो दो तो मैंने उनको दे दिए अब ये दो बची हुई है ठीक है टोटल चार निकलती है तो एक तीन सौ की है तो चार कितने की हुई थ्री फोर्ट टूवेल्व तीन सौ बारह तो बारह सौ में चार आती है अगर आपको चार चाहिए इससे तो बारह सौ का पूरा पैकेट आ जाएगा अगर आपको एक ही चाहिए ठीक है तो तीन सौ रुपये में मिल जाएगी ठीक है तो आपको जितनी भी टेबलेट चाहिए या आपको कोई भी दवाई चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपको पूरा जो ही डिटेल दे दूँगा अभी दोस्तों तो इसका उपयोग करने का तरीका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी आपको सेक्स करना हो सेक्स करने से आधे घंटे के पहले आप एक गोली ले लो बस ठीक है और इसके बाद में आपको सेक्स करना है हालाँकि अगर आपको ये गोली मान लीजिए आपने खा ली ठीक है तो आपको सेक्स करना ही पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि ये गोली खाने के बाद में आप सोचो कि अब खा ली आपको सेक्स करने के लिए नहीं है तो सेक्स नहीं करना लेकिन सेक्स तो करना पड़ेगा फिर आपको ठीक है अच्छा जो लोग मेस्ट्रिपेशन करते हैं वो लोग इसको खाकर मेस्ट्रिबेट कर सकते हैं इससे उनका मेस्ट्रिबेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा आशा करता है दोस्तों आज का वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दीडियोज ऑफ आर रवि एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आर रवि